भजले मनवा शाम सवेरे एकमाला नाम की आज इस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की भजले मनमा शाम सवेरे भजले मनमा शाम सवेरे एकमाला नाम की जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम के जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम के ये संसार कागज की पुड़िया बुंद पड़े गल जाएगी ये संसार कागज की पुड़िया बुंद पड़े गल जाएगी तेरी मेरी छोड़ बावले तेरी मेरी छोड़ बावले धुन लगा नाम की जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की जिस माला में राम नाम ना माला नाम काम की सबरी गनिका गीत अजामिल सर गए नाम से तो बड़ी गणिका गिधे अजामिल सर गये हरी नाम से ध्रुव तार प्रहलाद उबारे ध्रुव तार प्रहलाद उबारे जय हो कृपा निधान की जिस माला में राम नाम नाम वो माला किस काम की जिस माला में राम नामना ना वो माला किस काम की? दिए दर्शन करने को कान दिए सुन ज्ञान रे नैन दिए दर्शन करने को कान दिए सुन ज्ञान रे जीव दिए हर गुण गाने को जीव दिए हरि गुण गाने को जय बोलो सिया राम की जिस माला में राम नाम नाम वो किस काम की जिस माला में राम नाम नाम वो किस काम की राम नाम का सुमिरन कर ले सागर तिर जायती राम नाम का सुमिरन कर ले भवसागर तिर जायती अमृतनाथ अमर अमृत अमृतनाथ अमर भये जो धुन लगाई अरी नाम जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की भजल मनवा तब सवेरे भजल मनवा तब सवेरे एकमाला हरिनाम की जिसमाला में राम नामना वो माला किस काम की जिसमाला में राम नाम ना वो माला किस काम की